करते हो तुम जिम हो अभी उनके बारे बताना क्या याद है उनको तुम्हें चुप कराना तुम जिम हो अभी उनके बारे बताना क्या याद है उनको तुम्हें चुप कराना छुटकराना जमींद हो समुंदर